कल मैंने एक बच्चे से पूछा कल तुम मांगा क्यों नहीं गए तो बच्चा बोला कल कम बगत मुझे तोल रहे थे ना पता आज बेटे दिखे